हेलो फ्रेंड्स इन वीडियोस में हम आडिनो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे ये देखिए ये एक आडिनो है आडिनो उनो इसको आपने अक्सर प्रोजेक्ट्स में देखा होगा तो कोशिश ये होगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सीखें लेकिन ये वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कभी भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया ओके तो ये एकदम बिगिनर्स के लिए है और मैं शुरू से शुरुआत करता हूं और शुरुआत करेंगे ब्रेड बोर्ड से ओके तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको कुछ हद तक इस्तेमाल किया है पर अगर नहीं किया है तो भी आप आ, सीख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है ठीक है तो मैं पहले एक दो चीज़ें बता दूं जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस वीडियो में ये है एक नौ वोल्ट की बैटरी ओके नौ वोल्ट अच्छा खासा ज़्यादा अमाउंट का वोल्टेज uh, है इसको अगर आप कंपेयर करो इससे ये डेढ़ वोल्ट का है वन पॉइंट फाइव वोल्ट्स ओके एंड दिस इज़ नाइन वोल्ट्स तो हम इससे काम नहीं करेंगे आज इससे भी किया जा सकता है अगर हम दो या तीन सेल्स ऐसे लगा लें पर मैं इससे काम करूँगा ओके okay? और ये देखिए इसको कनेक्ट करने के लिए ये बैटरी कनेक्टर आता है ये इसके ऊपर स्नैप करेगा इसको देखिए ये ऐसा दिखता है ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है ओके इसमें ये तार लगी लगाई आती है मैंने दो तारें इसमें और जोड़ी है मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी तारें जोड़ी हैं ये देखिए इसे बोलते हैं जंपर वायर ओके इसके दो सिरे ऐसे निकले हुए हैं अभी आप देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है ये ब्रेडबोर्ड के अंदर ये जो छेद दिख रहे हैं आपको इसमें आराम से चला जाता है ओके okay? इसका असली कारण यही है इसको इस्तेमाल करने का कि ब्रेडबोर्ड के इन छेदों में जाता है तो ये कई प्रकार से आता है ये दो जो सिरे हैं इनको बोलते हैं मेल टू मेल मेल सिरे हैं ओके okay? सो so, क्योंकि इसके दोनों सिरे मेल प्रकार के हैं इसको बोला जाता है मेल टू मेल जंपर वायर ओके एंड ऑफकोर्स और भी तरीकों से आता और भी प्रकार का आता है ये ये वाला देखिए ये इसमें ढेर सारे जंपर वायर्स हैं इसमें से मैं एक अलग निकाल लेता हूँ ओके okay? अब देखिए ये वाला जो सिरा है इस इस प्रकार का जो है इसको बोलते हैं फीमेल एंड ओके okay? तो ये कौन सा है फीमेल टू फीमेल ये भी काफ़ी यूजफुल होता है और एक और प्रकार का आता है कुल तीन प्रकार के आते हैं मेरे पास एक और सेट है इसको मैं निकाल लेता हूं यह है एक सिरा मेल वैरायटी का है और एक सिरा फीमेल वैरायटी का है ओके तो इसको बोलते हैं मेल टू फीमेल तो इसका फ़ायदा क्या है ऐसे तीन टाइप के होने का आप कनेक्शंस बना सकते हैं मान लीजिए आपको तार को लंबा करना है जोड़ना है तो आप ये देखिए इसको आपको दिख रहा होगा ये इसमें चला जाता है ओके okay, तो ये अंदर गया और ये देखिए ऐसे जुड़ गया तो ये फिट हो गया अब ये देखिए दोनों एंड मेल टू मेल बन गए ओके okay, तो ये इसका फ़ायदा है इसको बोलते हैं जंपर वायर तो हमने बैटरी की बात कर ली कनेक्टर की बात कर ली और देखिए मैंने ये दो जंपर वायर्स इसमें कनेक्ट कर दिए हैं ओके okay, इसमें टेप लगा दिया है आप इससे कहीं अधिक प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं पर फिलहाल इससे काम चलेगा हमारा ओके okay? अब ये दो एंड्स मैं आराम से ब्रेडबोर्ड में लगा सकता हूँ राइट right? इसीलिए मैंने ऐसा किया है परफेक्ट ओके लेट्स सी देन और क्या चाहिए मुझे मैं आपको अब इधर दिखाता हूँ इसको ऐसे देखिए ये हटा देते हैं साइड में ये ब्रेडबोर्ड है मुझे उम्मीद आपको दिख रहा है देखते हैं थोड़ी रोशनी बढ़ा के ओके और मे बी ऐसे ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैंने कई प्रकार के रेजिस्टर्स ले रखे हैं ये है 220 ओम्स का आर लिखा हुआ है आर मतलब रेजिस्टेंस 220 ओम्स ओके दिस इज ये वाला है तीन सौ तीस ओम्स का आर लिखा है आर मतलब ओम्स ओके ओम का सिम्बल बनाना मुश्किल है आर लिखना आसान है इसलिए तीन सौ तीस ओम्स यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऊपर तो ये तीन सौ तीस ओम्स का है और मैंने लिया वन किलो ओम वन के मतलब हज़ार राइट सो वन थाउजेंड ओम्स और एक मैंने लिया टेन किलो ओम्स दस हज़ार ओम्स, ओके, किलो मतलब थाउजेंड ओके okay, तो ये रख लेते हैं आपने अब मैंने कुछ एल ले ली हैं, आपने देखा होगा एल को। देखिए एल के अगर आप सिरों को देखेंगे तो एक सिरा लंबा है और एक सिरा छोटा है ओके okay? देखिए सबके ये लंबा है ये छोटा है जो सिरा एलईडी का लंबा होता है उसको आप हमेशा पॉजिटिव वोल्ट से पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ओके okay? तो इसके पॉजिटिव वाले पर इसके लंबे वाले पर लंबे वाले को पॉजिटिव बोलूँगा आपसे मैं और छोटे वाले को नेगेटिव तो लंबे वाले पर पॉजिटिव वोल्टेज देना है और नेगेटिव वाले पर ने, आ, और छोटे वाले पर नगेटिव वोल्टेज देना है ओके okay? और क्या चाहिए हमको रजिस्टर्स हो गया ये हो गया ओके okay. अब ब्रेड बोर्ड ये देखिए इसमें ढेर सारे छेद हैं जब आप इन छेदों को देखिए ये ये वाले जो छेद है, ये एक कॉलम में ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में मैं भी आपको दिखाऊंगा एज अ प्रूफ कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं पर जब आप, आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये कॉलम इस कॉलम से कनेक्टेड नहीं है ओके okay? तब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो जितने भी छेद हैं इन सब के नीचे एक मेटल की वायर जा रही जो कि सबको कनेक्ट कर रही है okay? ओके पर इस से इस कॉलम से जब आप इस कॉलम की तरफ या इस कॉलम की तरफ जाते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है इस कॉलम का कनेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये जो रिज है बीच में ओके okay? ये जो डिवाइडर है हाँ इसके इस तरफ आने पे कनेक्शन इससे नहीं है मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है ओके ये दो रेल आप देख रहे हैं इस तरफ ये देखिए ये दो रेल्स हैं ओके एक रेल नीचे और एक रेल ऊपर ये रेल और ऐसे दो रेल्स यहाँ हैं ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक आपस में कनेक्टेड है ऊपर वाली रेल पूरी कनेक्टेड है नीचे वाली रेल आपस में कनेक्ट आ, नीचे वाले रेल पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं पर ये रेल इस रेल से कनेक्टेड नहीं है ऐसे बाकी हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा और आप खुद से चेक भी कर सकते हैं एलईडी ई लगा के मैं आपको दिखाता हूं तो अब मैं सबसे पहला और सिंपल सर्किट बनाने जा रहा हूं उससे हम पहला एक सर्किट भी सीख जाएंगे और ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे दोनों चीजें हमारी हो जाएंगी ओके लेट सी सो so, हम क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट सो गुड ये बैटरी का सिंबल है ये सेल का सिंबल है ये प्लस ये नेगेटिव छोटा वाला नेगेटिव होता है ओके okay? यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगाता हूँ इसको आर डिनोट करेंगे और यहाँ पे मैंने एक एलईडी लगा ये एलईडी का सिंबल है ओके okay, ऐसे कर दिया एलईडी का सिंबल है ये ये देखिए ऐसे ये असल में डायोड का सिंबल है ये ऐसे सिंबल का मतलब क्या कि ये ट्रायंगल क्या बोल रहा है ये ट्रायंगल बोल रहा है इस डायरेक्शन में करंट जा सकता है और ये लाइन ऐसे क्या बोल रही है कि इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा तो इसमें करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा ऐसे फ्लो नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये ऐसे सिंबल लगा के बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं जाने देगा ओके तो ऐसे ही जाएगा ये डायोड है दो एरो अगर लगा दिया तो मतलब ये एलईडी का सिंबल हो गया एलईडी भी एक डायोड होती है इसलिए ये सिंबल ऐसा ही है तो हमें यह बनाना है ओके तो देखिए मैं करता हूँ आपको दिख रहा है पॉजिटिव वाला रेड में है ओके okay, तो मैंने रेड डाला यहाँ पर नेगेटिव वाला नेगेटिव सॉरी ब्लैक वाला नेगेटिव है मैं नेगेटिव को यहाँ लगा देता हूँ ओके तो ये दो जंपर वायर्स कनेक्ट कर दिए अब मुझे रेजिस्टर लगाना है अब रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ओके okay? अब रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये कैसे पता लगाएंगे ये मैं अगली बार बताऊँगा इस बार एक वन थाउजेंड ओम्स के रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या होता है ये रहा वन थाउजेंड ओम्स और, और वन किलो ओम तो मैं ये वन किलो ओम ले रहा हूं ओके ये रहा वन किलो ओम तो देखिए ये मैंने इस कॉलम में लगाया एक एंड और दूसरा इस कॉलम में लगाया अगर मैंने ऐसे लगाया होता तो गलत हो जाएगा क्यों ऐसे लगाना गलत है क्यों क्योंकि तब ये दोनों एंड आपस में कनेक्ट हो गए ये ऐसे करने के बराबर हो गया समझ रहे हैं ये ऐसे जोड़ दिया तो ये गलत है हमें ऐसे नहीं करना है हमें दो अलग अलग कॉलम्स में लगाना है तो मैंने ऐसे लगा दिया अब एक एल लीजिए एल के दो सिरे हैं मैं लगा देता हूँ ऐसे यहां पर जिस कॉलम में ये वाला तार जा रही है रजिस्टर की ये एंड जा रहा है उसी में ये लगाया एक छोटा वाला छोटा वाला एंड में इसमें लगा रहा हूं और बड़ा वाला किसी दूसरे कॉलम में ओके okay, ऐसे अंदर आराम से चला गया तो अब क्या हुआ अब ये हो गया कि ये वाला एंड ये जो है ये यहाँ पे है ये रजिस्टर आया ये वाला एंड यहाँ पर है एलईडी का ये एंड ये रजिस्टर का भी एंड और एलईडी का एंड कनेक्टेड है ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया क्योंकि इस कॉलम पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब कनेक्टेड हैं राइट तो ये दोनों कनेक्ट हो गए ये दूसरा एंड यहाँ पर है फिलहाल मैंने एल उल्टी लगाई हुई है मैंने एल ऐसे नहीं लगाई है मैंने एलईडी उल्टी ऐसे लगाई है ओके okay? क्योंकि छोटा वाला इन नेगेटिव है राइट ये वाला नेगेटिव है ये वाला पॉजिटिव है तो मैंने छोटा एंड यहाँ लगाया हुआ है पॉजिटिव अब मुझे बस पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है ओके okay? इसके दोनों सिरे यहाँ लगाने हैं। और वो काम बहुत ही आसान है क्योंकि मैं अब जंपर वायर यूज़ कर सकता हूँ सी so, ये मेरे पास दो जंपर वायर्स ध्यान दीजिए मैं हमेशा रंगों का ध्यान रख रहा हूँ लाल और काला यूज़ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो अब मैंने बोला था ये सब कनेक्टेड हैं आपस में तो यहाँ लगा देते हैं ठीक है आपको दिख रहा होगा और अब ये वाला क्या यहाँ लगाने से आएगा काम होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ अब कनेक्ट हो गया ओके okay, लाइट जला देखें जरा नहीं और बेकार है ओके लेट्स लुक एट द अदर एंड ओके ये रहा काला वाला नेगेटिव और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे और इसको जलना चाहिए था लेकिन ये नहीं जला इसका मतलब कुछ गड़बड़ है गड़बड़ ये है कि मैंने आपको बताया एलईडी एक डायोड है ओके okay? उसमें करेंट तभी जाएगा जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो अभी क्या हुआ मैंने ये चीज़ उल्टी लगा रखी है और देखिए करंट ऐसे नहीं जा सकता तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पर और नेगेटिव वाला नेगेटिव पर और ये हमारी एलईडी जल गई दिख रहा है क्या दिख रहा है परफेक्ट सो so हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया हमने एल जला दी ओके अब क्या कर सकते हैं मैंने वन किलो ओम लिया था ये रेजिस्टेंस ओके okay? और आप सोच रहे होंगे कि वन किलो ओम कैसे पता चला तो कैसे पता चला तो बाद में पता लगाएंगे लेकिन ये कर सकते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूं, तो क्या होता है ओके पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि क्या होता है ओके सो वॉट आई विल डू नाव इज ओके लेट मी अब मैं 10 किलो ओम लेता हूँ देखते हैं कि तब क्या होता है अभी 1 किलो ओम लगाया हुआ 1000, 1000 वन ओम्स अब देखते हैं 1 किलो, अगर मैं लगाऊं, तो क्या होता है ठीक है तो ये मैंने लिया वन टेन किलो ओम सॉरी 10 किलोम्स लिया ये 1 किलो ओम निकाला साइड में रखा और टेन किलोम लगाना है कहाँ लगाना है इस वाले कॉलम में एक और इस वाले कॉलम में ओके okay, देखिए, जल रहा है आपको दिख रहा है करेक्ट अभी भी जल रहा है लेकिन अब धीमा जल रहा है देखा आपने काफी धीमा हो गया है मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 गुना बढ़ा दिए, 1 किलो ओम से मैं 10 किलो ओम्स पे गया अब आपकी एलईडी जल तो रही है लेकिन बड़ी धीमी जल रही है ठीक है तो दस किलो ओम पे ऐसा जलता है साइड कर देते हैं लेट्स लुक एट सॉरी सॉरी सॉरी ओके। अब मैं 10 किलो ओम को हटा के वापस वन किलोम लगाता हूं अभी देखिए कितना बढ़िया चल रहा है ठीक है अब मैं 1 किलो ओम को भी हटा के अब मैं लगाता हूं 330 हंड्रेड ओम्स फिर देखते हैं क्या होता है अब ये काफ़ी कम हो गया है अब देखिए एलईडी कितनी बढ़िया जल रही है 330 थर्टी ओम्स ओके अब 330 थर्टी ओम्स हटा के और ये रजिस्टर गर्म हो रहा है एक्चुअली मैं रजिस्टर को मैं जब छू रहा हूँ तो अच्छा ख़ासा गर्म हो रहा है ज़ोर से और ये गया ओके लेट्स पुट अनदर वन पहले जो यूज़ किया था ओके okay, और शायद खराब हो गया देखते हैं, क्या हुआ इसको ये रहा आपका थ्री थर्टी ओम्स ओके याद रखिए बैटरी हमारी नौ वोल्ट की है इसमें ठीक है और कम करके देखते हैं और ये छूने में ही गरम लग रहा है इसको भी छू के देखते हैं क्या होता है ये भी गरम हो रहा है पर बहुत ज्यादा गरम नहीं हो रहा है थोड़ा सा गरम हो रहा है ओके okay, नाउ अब हम 220 सौ ओम्स ये लेके देखते हैं ओके okay, काफ़ी तेज जल रहा है और रजिस्टर तेजी से गर्म हो रहा है ओके okay, ओके okay, अब मैं मेरे पास एक और है कहाँ गया आई थॉट मेरे पास एक ओम का भी था शायद नहीं लाया बट एनीवे आपने देखा कि रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाने पर एलईडी धीमी जल रही है इसका मतलब जो रेजिस्टर है वो जो करंट जा रहा है एल के थ्रू उसको कम कर दे रहा है इसकी वजह से वो धीमी जलती है अगर आप बहुत छोटी मात्रा का रेजिस्टर लेंगे अभी 220 पे जल रहा था जो कि ऑलरेडी और तेज गर्म भी हो रहा था पर जैसे ही आप और नीचे जाओगे एक पॉइंट पर ही एलईडी जल जाएगी इसका मतलब करेंट इतना ज़्यादा जा रहा होगा एल से कि वो जल जाएगा ओके इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कितने करेंट पर आपकी एल चलेगी मैक्सिमम कितना करेंट वो विथस्टैंड कर सकती है और उसके हिसाब से आप रजिस्टर लगाओगे और रजिस्टर कितना लगाना है वो डिटरमाइन होगा कैसे आपने कितना सोर्स लिया है नौ वोल्ट लिया है तो एक पर्टिकुलर रजिस्टर से चलेगा अगर आपने छः वोल्ट लिए होते या साढ़े चार वोल्ट लिया होता तो अलग रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी ओके तो ये हमारा पहला वीडियो था आर्डिनो की तरफ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में